अब तो छोरिया दो लाइन आन दे सुनता मेरे भाई आन दे क्या आवाज चल रहा तब पत्ते टूट जा है छोरिया छोरिया का हिस्सा सांग हो रहा है मेरे भाई इसा? नया सोना बाबू मिलते पुराने छूट जा